आप सभी को नमस्कार आज हम एक और नया उपाय आपके लिए लाए हैं जो आपको करना ही चाहिए जो उपाय मैं बताऊंगा आज आपको मैं ये हर घर में यूज होता है झाड़ू तो जानते ही हैं आप झाड़ू के बारे में आज मैं आपको कुछ बताऊंगा। कुछ उपाय बताऊंगा कैसे उसको रखना है कब ख़रीदना है कब टूटे हुए झाड़ू जो घर के अंदर है उसे बाहर निकालना है ये चीज़ें आपको आज बताऊंगा मैं तो हमारे साथ आप बने रहिए तो सुनिए मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी आपके पास झाड़ू है घर के अंदर और वो झाड़ू टूट टूट के निकल रहा है जब आप झाड़ू लगा रहे हैं घर के अंदर कहीं भी तो उसके छोटे छोटे टुकड़े अगर टूट टूट के निकल रहे हैं झाड़ू लगाते वक्त तो आपको सावधान हो जाना है जितने ही टुकड़े टूट टूट के निकलेंगे झाड़ू से उतना ही धन की हानि होगी शास्त्रों के अनुसार होगी बिल्कुल होगी तो आपको संभल जाना है टूटी हुई झाड़ू आपको यूज नहीं करना है प्रयोग में नहीं लाना है और ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दिन झाड़ू खरीद के नया लेके आ गए पुराने झाड़ू को किसी दिन निकाल निकाल दिया आपने घर से ऐसा भी नहीं ऐसा नहीं करना आप। आपको मैं बता रहा हूं कि किस किस दिन आपको नया झाड़ू खरीदना चाहिए मंगलवार के दिन शनिवार के दिन अमावस्या के दिन ये तीन तिथि ये तीन दिन आप नया झाड़ू खरीद के घर ला सकते हैं ठीक है तो तीन दिन तो आपको झाड़ू नया खरीद के लाना है और टूटी हुई जो झाड़ू है घर के अंदर उसको कब बाहर निकालना है कहाँ रखना है ये भी ध्यान देने वाली बात है तो मैं बताना चाहूँगा आपको एकादशी गुरुवार और शुक्रवार को आपको भूल के भी घर के अंदर जो झाड़ू है बाहर नहीं निकालना है बाहर नहीं फेंकना है शनिवार के दिन आप उसको बाहर करिए इज्ज़त प्रतिष्ठा से उसको बाहर ऐसे जगह पे रख के आइए जहाँ पे किसी का पैर ना लगे ठीक है झाड़ू को जलाना भी नहीं चाहिए ये ध्यान रखिएगा कुछ लोग क्या करते हैं कि जो टुकड़े निकलते हैं झाड़ू के उसको ठंड के दिनों में जलाना देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए झाड़ू जो है महालक्ष्मी का प्रतीक है नहीं करना चाहिए ऐसा तो शनिवार के दिन आपको निकालना है पेड़ के नीचे नहीं रखना है झाड़ू आपको ऐसे जगह पे नहीं रखना है जहाँ पर लोगों के पैर लगे जलाना नहीं है झाड़ू को ये आप ध्यान रखिएगा ठीक है ये ध्यान रखिएगा और कभी भी भूल के भी टूटी हुई झाड़ू से घर में झाड़ू न लगाएं इससे आपके घर में निगेटिविटी आएगी जितनी बार आप झाड़ू लगाएंगे उतनी बार निगेटिविटी आपके घर के अंदर आएगी तो आप ये गांठ बांध लीजिए कि आपको टूटी हुई झाड़ू यूज नहीं करना है प्रयोग में नहीं लाना है जब भी आपको महसूस हो कि ये मेरी झाड़ू टूट गई है ख़राब हो रही है आप उसको अलग रख दें और नया झाड़ू लेके आएं, जो कि मैंने आपको बता दिया किस किस दिन नया झाड़ू लेके आना है और जो पुरानी झाड़ू है वो बिता दिया किस दिन आपको बाहर रखना है घर से निकाल के बाहर रखना है ठीक है तो ये ध्यान दीजिए ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर में निगेटिविटी बिल्कुल नहीं आएगी पॉजिटिविटी भरा रहेगा घर के अंदर और हर काम आपका सफल होगा महालक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी कृपा करेंगी आपके ऊपर धन की वर्षा होगी आपके घर के अंदर बरकत होगी आपके घर के अंदर ठीक है तो ये उपाय आपको करना है और भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो कोई शंका हो कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं हम प्रयत्न करेंगे कि जो भी आपने प्रश्न किए होंगे उस पर अध्ययन करके हम आपको उचित जवाब दें जिससे कि आपका जो भी शंका हो संदेह हो वो मिट सके ठीक है ओके नमस्कार आप सभी को